हेलो एवरीवन वन ये क्वेश्चन एमए हिंदी जून 2021 हज़ार साहित्य सिद्धांत और समालोचना एमएचडी एच डी फाइव तीन घंटे के प्रश्न पत्र और अधिकतम अंक सौ मार्क्स के हैं जिसमें दो खंड दिए गए हैं खंड एक में काव्य प्रेरणा काव्य प्रयोजन काव्य की आत्मा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से रहे हैं और सेकेंड को सेकंड खंड में लॉन्जाइंस स्वच्छतावाद जॉन ड्राइडन, इस तरह के प्रश्न पूछे गए जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए रहेंगे और ये अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे अगर रिलेटेड आपको एमएचडी एच फाइव के नोट्स चाहिए और या मटेरियल के बारे में हम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें सो थैंक यू एवरी